जागी तोर चोरी मन छोड़ जागी तो, जागी तो। अच्छा। दुनिया सुई छोड़ जागी तोर छोरी मन छोड़ चोरी जागी तो चोरी सती दुनिया सुई मिट जागी चोरी मुन छोड़ जागी तो हो वादू नीरी, ले हो वादू कोनी रे हमारी को, नीरी। अच्छा। को तो की हो वादू कोनी रे है तो की हो बाजू को म्यूजिक बाय होगा मा स्टूडियो बंबोरा मजाक थोड़ी चेरी प्यारी मजाक थोड़ी चे दो को देवा तेरी मत सोचे प्यारी मजाक थोड़ी च मजाक थोड़ी चे दो को देवा गिरी मत सोचे प्यारी मजाक थोड़ी च तकदीर में कौन है, तु तकदीर में कौन है? चोरी तारा दिल पे पैदिल आयो चो तु तकदीर में कौन है? तकदीर में कौन है, तु तकदीर में कौन है? चोरी तारा दिल पे दिल आयो चो तु तक दीर में को ना चूडियो बल बोरा की रे तो सर की मोने आज मिली छे, दुनिया में तो सर की तो सर की धोखावाज तो सर की दो कावाज़ तुमने आज मिली चले दुनिया में तो सर की दो कावाज़ प्यार करे वो बुला दू प्यार करे वो सतार मोने अवधि काते बुला दूंगी प्यार करे वो कह तारी मोने अवधि काते बुला दूंगी प्यार वो आगे आगे। दिल सु मांगले सूरी जाकी झांकी जायरे ब दिल सु सोरी जा के ज रे बा दिल सुमा सूरे की कोने और तो सर की कोने जन लाकन में सू छाटी जी तो सर की कोने सरकी को जन तो ने लाकन में तो सरकी सूचा टी ची तोने दू हरे काड दू गोरी मिलताई काड गोड़ी गोरी री बना लेगी तो मिलताई काड दू गोरी कार्ड जू घोड़े आस की और बना लेगी तो मिलताई कार्ड जु घोड़े बढ गया तो छोरी थारा बाब बैठ गया तो गोली लगवा दूं मंडी में ज्यादा बाब बढ़ वे गया तो बाब वे गया तो ज्यादा बाहर बैठ वे गया तो बोली लगवा दूर मंडी में ज़्यादा बाब बढ़ गया तो जख्मी गीत मीनू गावे जख्मी गीत छोटू मन सुख पेड़ बजावे मीनू गावे जख्मी गीत छोटू जी मनसूपेड बजायो मीनू गायो मी गीत